चाहेगा तो गाइस कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं हूँ कि आपसे बतें हूं। अच्छे होंगे आज की जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैं बात करने वाला हूं कि WhatsApp के बारे में अगर WhatsApp तो आप तो यूज़ करते ही होंगे अगर आप WhatsApp को यूज करते हैं तो आप या WhatsApp का जो मैं सेटिंग बताने वाला हूं, उसके बारे में आप जरूर जानिएगा दोस्तों वीडियो में आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों आप ही को एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारे मोटिवेशन मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ठीक है दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से क्या, क्या क्या आपको सेटिंग करना है अगर व्हाट्सअप चलाते हों तो आप यह सेटिंग अवश्य जरूर ही करें यह आपका जो सेटिंग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग रहेगा नॉर्मली में सभी को यह जानकारी है लेकिन कुछ कुछ लोग यह नहीं करते सेटिंग ठीक है दोस्तों मैं अपना मोबाइल का होम स्क्रीनिंग को ओपन स्क्रीन करता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है सबसे पहले अब क्या करना है अपने मोबाइल फ़ोन का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है मैं अभी यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर ले रहा हूँ मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लिया अब यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है दोस्तों व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैं सर्च कर दिया व्हाट्सएप सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ये आ गया व्हाट्सएप मैसेंजर व्हाट्सएप मैसेंजर को आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है ठीक है आपको व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है जब तक इंस्टॉल होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि WhatsApp की जो सेटिंग है वह कौन कौन सेटिंग है जो आप आज के जनरेशन में आप नहीं करते हैं ठीक है उसी के बारे में ठीक है मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ भैया देखिए दोस्तों WhatsApp ओपन होते के साथ ही आपका इस प्रकार से पूरा इंटरफेस आ जाएगा लैंग्वेज चूज करना है आपको जिस भी लैंग्वेज में करना है उसे आप चूज कर सकते हैं मुझे इंग्लिश ही चाहिए मुझे मैं इसलिए इसको इंग्लिश में ही छोड़ दे रहा हूँ ठीक है करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रहेगा कुछ उसको आई एग्री करके आई कर देना है अब आपको यहाँ पे क्या करना है सिंपली यहाँ पे आपको जिस नंबर से बनाना है वहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है ठीक है मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ दो तो दोस्तों मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया मोबाइल नंबर डालने के बाद हम पे यह कन्फर्मेवेशन पूछेगा कि क्या आपको यह नंबर सही है या आप ही का दूसरे का ठीक है मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ ठीक है आप अब जिस जो नंबर यहाँ पे डाले हैं उस नंबर पे यहाँ पे ओ जाएगा ठीक है उस ओ को आपको यहाँ पे फिल कर देना है ठीक है दोस्तों इस ओ को मैं फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे ओ को फिल करते के साथ ही ऑटोमेटिक यह अप्रूवल हो जाएगा अब यहाँ पे लिख रहा है हम कॉन्टेक्ट टू ईजिल स्कैन फोटो वगैरह वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिख रहा होगा परमिशन वगैरह कुछ मांग रहा होगा कॉन्टैक्ट का परमिशन वगैरह ठीक है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देना है कॉन्टैक्ट को मीडिया को परमिशन दे देना है ठीक है उसके बाद कंटिन्यू कर देना है कंटिन्यू कर करने के साथ ही यह आपको यहाँ पर लिखेगा अलाव एक्सेस वगैरह कॉन्टैक्ट इस व्हाट्सएप है वह आपका कॉन्टैक्ट नंबर को लेगा ठीक है इसको अलाउ कर देना है जो भी परमिशन माँगेगा वहाँ पर अलाउ करते जाना ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेगा आपको यहाँ पे आप एक नाम देना होगा कोई भी आप नाम देख सकते हैं मैं मैं यहाँ पे देखिए कुछ भी लिख दे रहा हूँ ठीक है आपके हिसाब से अपने हिसाब से जो भी आप नाम लिखना होगा आप नाम लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आई कर दीजिए ठीक है तो ये आपका फिर जो है WhatsApp बन गया ठीक है तो आप व्हाट्सएप में जो ज़रूरी सेटिंग होता है दोस्तों तो उसके बारे में आज के बारे में मैं बता दे रहा हूँ ठीक है व्हाट्सएप का सबसे जरूरी सेटिंग होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए सेटिंग सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है अकाउंट सेटिंग अकाउंट सेटिंग जो है ना दोस्तों वह सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे देखिए टू स्टेप वेरीफिकेशन टू स्टेप वेरीफिकेशन जो दिख रहा है वो सेकेंड नंबर पर यहाँ पर ऊपर से दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो टू स्टेप वेरीफिकेशन है दोस्तों इसको आपको टर्न ऑन कर लेना है टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ही आपको मोबाइल में ज़रूरी रहता है ठीक है मैं यहाँ पे एक पिन बना ले रहा हूँ ठीक है छह अंक का आपको पिन बनाना है अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल मेल आई डाल देना है ठीक है कोई भी ईमेल मेल आई डालकर आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद यह सेव हो जाएगा ठीक है यह सेव हो जाएगा या देखिए मैं इसको ओके okay कर रहा हूँ तो यह अप्लाइंग सेटिंग हो जाएगा यह देखिए अप्लाई हो गया मेरा जो है ना अप्लाई हो गया मैं ईमेल आईडी आई नहीं डाला हूँ इसलिए हो गया ठीक है या देखिए इसका क्या फ़ायदा दोस्तों मैं आपको यह बता दे रहा हूँ ठीक है टू स्टेप वेरीफिकेशन का मतलब है कि अगर आपका कोई वाट्सएप मान लीजिए किसी को आपको ओटीपी टी पता चल गया ठीक है और वह चाहेगा कि अपने मोबाइल में आपका ओ के थ्रू आपका जो व्हाट्सएप है वह इंस्टॉल करके लॉगिन कर लूँ लो। लॉगिन करने से पहले दोस्तों ओ डालने के बाद उसका यहाँ पर एक वेरीफ़िकेशन या कोड में ठीक है या कोड के बिना आपका जो है ना व्हाट्सअप व उसके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा ठीक है ठीक है दोस्तों ये सेटिंग आप जरूर कर दीजिएगा और आपको मैं एक ठॉप प्राइवेसी सेटिंग बता दे रहा हूँ ठीक है यहाँ पे अकाउंट्स में आना है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन में जाना है इसको हमेशा ऑन कर देना है ठीक है ठीक है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन इसको हमेशा ऑन करके कर रखना है ताकि आपका कोई भी सिक्योरिटी एक्टिविटी होता है गलत एक्टिविटी तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाता है ठीक है अब आपको क्या करना है बैक का जाना है अब आपको प्राइवेंसी इसमें जो प्राइवेंसी है प्राइवेंसी भी आपको क्लिक कर लेना है ठीक है प्राइवेंसी में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ रहेगा इसमें देखिए लास्ट सीन प्रोफाइल फील अबाउट वगैरह वगैरह तो इसके बारे में तो जान, आप सभी लोग जान जान ही रहे होंगे ठीक है मैं मेन चीज़रा क्रिएट अवतार ठीक है आप यहाँ से अपने जो है ना अवतार को क्रिएट कर सकते हो ठीक है अपने हिसाब से मैं यहाँ आप पे आप आपको क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ एक ठो गेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाएगा करने के लिए आपको कोई भी कलर चूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक ठू कलर मैं चूज कर ले रहा हूँ आपको हेयर चूज कर लेना है आपको जिस हिसाब का स्टाइल चाहिए मैं ये हेयर स्टाइल चूज कर लिया अब इसका कपड़ा अगर चाहते हो आप लोग चेंज करना तो कपड़ा भी चेंज कर सकते हो ठीक है मैं इसको डन कर दिया सेम ये देखिए दोस्तों यह अवतार जो है ना वह हो गया आपका यह आपका अवतार बन गया ठीक है तो आपका जो दोस्तों आपको मैं जो पहले जो आपको सेटिंग में बताया हूँ दोस्तों वह आप अपने मोबाइल में जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि आपका इस मोबाइल सेटिंग करने से आपका मोबाइल जो है वह हैक होने से बच सकता है ठीक है दोस्तों आज की जो वीडियो दोस्तों में इतने मैं बात करने वाला हूँ इसी के बारे में मैं मेन टॉपिक वही था कि आपको जो सेटिंग्स हमें टू स्टेप वेरीफ़िकेशन उसको ऑन कर लेना है ठीक है आज के जो वीडियो उसी के बारे में बताने वाला था ठीक है मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक ही लाइक से और सब्सक्राइब से ठीक है दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में